रामीम आज का हमारा ये बयान इस टॉपिक पर है कि रमजान जैसा मुबारक महीना आ रहा है बरक़तों का महीना आ रहा है रहमतों का महीना आ रहा है तो जब कोई मेहमान आ रहा है तो हमें उसकी तैयारी करना है तो रमज़ान आने से पहले पहले हमें कुछ काम कर लेने चाहिए तो वही हम काम बतलाएँगे वो कौन से काम हैं जिनको हमें अभी से कर लेने चाहिए और रमज़ान की तैयारी हमें खूब ज़ोर व शोरों से कर लेनी चाहिए लेकिन ज़ोर शोरों का मतलब ये नहीं है कि रमज़ान की तैयारी ऐसे करें कि हम जोर शोर मचाएं कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। हमें रमज़ान की तैयारी करना है। इसका प्रैक्टिकल हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया तो रमज़ानमबारक का महीना अल्लाह ताली की खसूसी रहमतों और बरकतों के बरसने का महीना है इसमें रहमतें बरकतें मौसलधार बारिश की तरह बरसती जिस तरह आपने देखा होगा पानी बरसता बारिश में कभी मौसलाधार ऐसे ही इसकी रहमतें बरकतें बरसती हैं अब हम अगर अब आपको सही बात बताएं सही बात यह है कि हम वाकई इसकी क़द्र कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हज़रत मुजदल्फानी रहमत ला अपने मकतूबा में तहरीर फरमाते हैं कि रमज़ानमबारक के महीने में कहते हैं कि इतनी रहमतें और बरकतों का नजूल होता है कि बकिया पूरे साल की बरकतों को रमजान मुबारक की बरकतों के साथ वो नस्बत नहीं है जो कतरे को समुंदर के साथ होती है क्या बेहतरीन बात कह रहे इसलिए मेरे भाई रमजान मुबारक का बहुत ज़्यादा अहतमाम करने की ज़रूरत है जो चीज़ जितनी ज़्यादा अहम और कीमती होती है उसका उतना ही ज़्यादा एहतमाम भी किया जाता है अब मान लो किसी के यहाँ कोई बड़ी तकरीब है कोई मान लो प्रोग्राम है फंक्शन है तो आप उसकी तैयारी क्या उसी दिन करते हैं क्या आप उसका बंदोबस्त उसी दिन करते हैं नहीं मेरे भाई आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है आपके यहाँ कोई फंक्शन है आपके यहाँ कोई शादी है तो आप उसकी तैयारी कई महीने पहलों से कर देते हैं कई महीने पहलों से आप उसकी तैयारी में लग जाते हैं और उसका मंसूबा बनाया जाता इसी तरह मेरे भाई रमज़ान की तैयारी रमज़ान के आने से पहले पहले होना चाहिए वरना सोचते सोचते यूँ महीना ऐसे ही गुज़र जाएगा क्या बेहतरीन मेरा भाई बड़ा ज़बरदस्त मुबारक महीना आ रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे नबी किस तरीके से रमज़ान की तैयारी करते थे और हम इसको किस तरीके से तैयारी करते हैं रमज़ान की सबसे पहली चीज़ ये सीख लीजिए कि हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्ला कहते हैं कि मैंने कहा अरे अल्लाह के रसूल मैंने आपको शाबान में जिस क़दर रोज़ा रखते देखा किसी और महीने में नहीं देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया रजब और रमज़ान के दरमियान ये एक ऐसा महीना है शाबान का जिसको लोग गफलत और लापरवाही के साथ गुजारते हैं हालाँकि इस महीने में बंदों के आमाल रबालमीन के दरबार में पेश होते हैं तो मैं चाहता हूँ मेरे अमाल रोज़ेदार होने की हालत में पेश किए जाएँ ये है हमारे नबी के रमज़ान आने का इस्तेवाल करने का तरीका और हम कैसे इस्तेवाल करते हैं एक दूसरे को मैसेज भेज भेज के एक दूसरे को मोबाइलों पर मैसेज भेज भेजते हैं कि आपको रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक आपको रमज़ान का चांद मुबारक आपको रमज़ान का जुम्मा मुबारक आपको रमज़ान की अफ्तारी मुबारक हम इस तरीके से मैसेज भेजते हैं एक दूसरे के मोबाइल पे, इस तरीके से हम उसका वेलकम करते हैं इस तरीके से हम उसका स्वागत करते हैं अपनी ज़बान में कह लीजिए लेकिन मेरे भाई हमारे नबी क्या ज़बरदस्त रमज़ान का इस्कबाल करते थे सिर्फ ये बताने के लिए ये कोई महीना जो आ रहा है ना ये कोई मामूली महीना नहीं है बल्कि ये बड़ा ज़बरदस्त महीना है ऐसे इस्तकबाल करते थे जैसे कोई मुआजस मेहमान और मुकर्र मेहमान आता उसका इस्तकबाल किया जाता है हम इस्तकबाल करते हैं रमज़ान मुबारक के मैसेज भेज भेज के एक दूसरे को लेकिन नबी इस तरीके से इस्तबाल नहीं नबी रमज़ान का इस्ताल ऐसे करते थे रमज़ान का सबसे बड़ा वसफ़ क्या है बताओ सबसे बड़ा चीज़ क्या रमज़ान की सबसे बड़ी चीज़ क्या रोज़े रखना तो नबी हमारे क्या करते थे शाबान के महीने से ही रोज़े रखना शुरू कर देते थे जितने रोजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रखते थे उतने पूरे साल के किसी और महीने में नहीं रखते थे ये हमारे नबी इस्तकबाल करते थे समझ में आ रही बात ऐसे इस्तबाल करते थे और अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेते थे शाबान के लिए और शाबान के पूरे महीने हमारे नबी रोज़े रखते थे उसके ऊपर से हमारे नबी की शबकत देखो कि खुद तो पूरे महीने शाबान के रोज़े रह रख रहे हैं लेकिन उम्मत को क्या कहता रहे हैं उम्मत को बता है रहे हैं कि निसफ शाबान के बाद रोज़े मत रखें उम्मत को ये कह है रमजान 15 रहे हैं कि रमज़ान पंद्रह शाहबान के बाद वो रोज़े ना रखें ताकि इसलिए कि वो पंद्रह शाबान के बाद भी अगर रोज़े रखेंगे तो वो रमज़ान में फिर रोज़े नहीं रख पाएंगे फिर वो ताकत नहीं होगी फिर वो इनर्जी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये उम्मत के ऊपर शफकत कर रहे हैं कि पंद्रह शाबान के बाद ना रखें और ख़ुद पूरे शाबान के महीने में रख रहे हैं मेरे भाई ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी करते थे खुद रखते थे रोज़े और उम्मत पर शफकत की पता हमें यह चला कि पंद्रह शाबान तक उम्मत को हुक्म है जितने ज़्यादा रोज़े रख सके रखे लेकिन जो ताकतवर हैं सेहतमंद हैं वो पंद्रह के बाद भी रखें पंद्रह शाबान के बाद भी रखें जो साहब ताकतवर हैं सेहतमंद हैं मगर हमारे यहाँ ना तो ताकतवर रख रहे, है, रहे, है। रहे हैं ना ही कमज़ोर रख रहे हैं अरे वो इधर ही नहीं रख रहे हैं शाबान के महीने में वो रमज़ान में ही नहीं रखते हैं तो इधर शाबान के महीने हम कैसे रखेंगे तो समझ में आ रही मेरी बात पहली बात यही है अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ पहली बात हमारी ये होगी कि हमें रमज़ान की तैयारी करना अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ दूसरी बात की बताओ रमज़ान की दूसरी बड़ी इबादत क्या है अरे नहीं पहली रमज़ान की पहली इबादत क्या है ये बताओ अरे बोलते क्यों नहीं बोला करो रमज़ान की पहली बात क्या है बताओ ना यार सभी को तो पता है हम जैसे सभी लोगों को पता है रोज़े रखना दूसरी इबादत क्या है तरावी है जो पड़ी जाती है उसमें कलामुल्ला की तिलावत की जाती है दूसरी बड़ी इबादत तरावी है तो हमें क्या करना है तहजद की नमाज़ अभी से ही शाबान के महीने से ही तहजद की नमाज़ में कलाम पाक की तिलावत शुरू कर दें ये दूसरी चीज़ बता रहे हैं अब अच्छा तीसरी बात क्या है रमज़ान का महीना अल्लाह ने देखो इसलिए भी फ़र्ज़ किया है ताकि हम गुनाह छोड़ दें ताकि हम गुनाहों से पाक साफ़ हो जाए शाबान में ही गुनाहों से इज्तनाब करना शुरू कर दें ताकि रमज़ान तक पहुँचते पहुँचते सारे गुनाह हमारे छूट जाएँ जो जिस बुराई में मुबतला है शाहबान ही से इस बुराई को छोड़ने की कोशिश कर तो हमने क्या बताया हमने बताया कि तीन काम करना रमज़ान में पहला रमज़ान में आपको रोज़े रखना कसरत से रोज़े रखना है एक भी रोज़ा मिस नहीं होना चाहिए जो जवान है, मेरे भाई उनको पूरे पूरे अभी, अभी अपनी ताकत का इस्तेमाल करो बाद में मेरे भाई वरना आप नहीं रख पाओगे इसलिए अभी से अपने आप को प्रैक्टिस में लाओ रमज़ान के रोजे रखना है नंबर दो क्या करना है अभी से ही तहाजद की क्या करना है तैयारी करना है तहजुद में अपने आप को थोड़ी बहुत हिम्मत करनी है नमाज की तब हम रमज़ान में क्या करते तरावी में कलाम पाक सुन पाएंगे किसी का तो अभी से हम रमज़ान की तैयारी करें रोज़े रखें इक्का दुक्का नफली रोज़े रखना शुरू कर दें ताकि हम अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार कर लें और तहजद में उठने की कोशिश करें नहीं उठ पा रहा तो मेरे भाई अभी से ही तहाजुद छोड़ के फजिल में उठना शुरू कर दो अभी से ही उठना कर शुरू कर दो अभी आपके पास टाइम है फजल में उठो मेरे भाई पता नहीं क्या बेहुदा किस्म की बातें जो आप लोग लगे रहते सोए रहते फजल में उठना शुरू करो अभी से तीसरी बात हमने क्या बताई थी तीसरी बात हमने ये बताई थी कि अभी से ही गुनाह छोड़ने की कोशिश करें देखें गुनाह बड़ी ज़बरद तेज़ी से हो रहा है हम लोगों से गुनाह अगर हमने अभी से अपने आप के गुनाहों को स्टॉप लगा दिया तो फिर जो है हम धीमे धीमे अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे बाद में अगर हमने अभी से नहीं करा तो फिर हम रमज़ान में भी गुनाह करते रह जाएंगे फिर रमज़ान का हमें अस, असली मकसद हासिल नहीं होगा और गुनाह जो कौन से होते हैं वो होते हैं आँखों से बद से गंदी संदी चीज़ें देखते हैं आजकल इंटरनेट का ज़माना मोबाइल पर शोशल मीडिया है हम इस्क्रॉल करते रहते हैं पेज पेजअप पेजअप डाउन करते रहते हैं एक से एक शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं उसमें फोर्स वीडियो आती हैं तो उनसे क्या करना अभी से हमें इज्तनाब करना परहेज़ करना आँखों से जो हम चीज़ देखते हैं वो हमारे दिल में उतरती फिर दिल उसी चीज़ को करने के लिए दौड़ जाता है तो पहला काम क्या करना है हमें गुनाहों से मतलब तीसरे की बात हमने क्या बतलाई थी गुनाहों से बचना तो गुनाह कौन कौन से हैं गुनाह यही है पहले कि हमें बदनजरी से बचना है अब अच्छा जो दूसरा गुना है वो ये है कि हमें दूसरों लोगों से माफ़ी तलाफ़ी भी करना है कि हमने किसी का हक तो नहीं मारा किसी इंसान का पैसे तो नहीं मारे हमने किसी को हमने सताया तो नहीं है तो उनसे माफ़ी तलाफी भी कर ले तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हम उनसे भी माफ़ी मांग ले अब अच्छा तीसरा जो गुना हो रहा है ज़्यादातर हो रहा है वही हो रहा है कि माँ बाप की नाफरमानी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल माँ की नाफरमानी बड़ी तेज़ी से हो रही है माँ का अहतमाम आज घरों से तेल लेने चला गया मतलब तेल नहीं बिल्कुल घरों से निकल गया इंसान अब तो माँ से तो थोड़ा बहुत डरता भी है एहतराम कर लेता है क्योंकि माँ बेचारी कमज़ोर होती है वह औलाद से डरती है तो इसलिए वो माँ का एहतराम कर लेता है लेकिन बाप का कोई भी एहतराम नहीं करता क्योंकि बाप अगर एक सुनाता तो हम उसको दो सुना देते हैं वो अगर तीन सुनाता है तो हम उसको चार खड़ी खड़ी सुना देते हैं हम अपने आप को समझते ही नहीं हैं मेरे भाई अपने आप को बर्दाश्त करें कंट्रोल करा करें उस वक्त में यकीन माने कि ये हमारे अब्बा हैं इनकी पेशानी पर हमने मोहब्बत की निगाह डाली तो मेरे भाई एक हज और उम्रे का सवाब मिल जाएगा बताओ एक हज और उम्रे का सवाब खाली फोकट में आपको यही मिल रहा है मिल रहा है नहीं मिल रहा कितना खर्चा आता है उमरे और हज पर जाने के लिए आपके रिश्तेदार में से बताओ कोई नहीं पता ना कित बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है मेरे भाई तो हमें मोहब्बत की निगाह डालनी है मोहब्बत की निगाह अगर हम हम अगर, अगर अपने माँ बाप से ही सही रवैया नहीं इख्तियार कर पाए तो फिर बताओ फिर ऐसी हमारी अबादतें करने से भी क्या फ़ायदा इसलिए हमें अपने घरों से रिश्ता सही बनाना है बात समझ में आ रही है हमने जो तरीके बदला दिए रमज़ान की ऐसे तैयारी करना है अभी से ही हमें तैयारी में लग जाना है बाद में हम नहीं लग पाएंगे हमने इसकी मिसाल भी पहले समझा दी है कि जब हमारे यहाँ कोई शादी होती है कोई फंक्शन होता है कोई प्रोग्राम होता है कोई पार्टी होती है तो उसकी तैयारी हम पहले से ही करते हैं उस दिन नहीं करते हैं तो इसी तरीके से ये शामान का महीना भी है हम इसमें तैयारी करें अल्लाह के रसूल ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है हमारे नबी बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे इस महीने में और उम्मत को सिर्फ जो है निसफ शावान तक ही रोजे रखने का हुक्म दिया इसलिए कि आगे अगर ये रखेंगे तो ये कमज़ोर ना पड़ जाए रमज़ान के लिए तो रमज़ान की तैयारी हमारे नबी ने बड़ी ज़बरदस्त करके दिखाई है और हमें भी क्या करना है ऐसे ही रमज़ान का इस्ते करना है गुनाहों से बचना है गुनाह हमने बता दिया आज कल क्या क्या हो रहे हैं वो सारे के सारे गुनाहों से हमें बचना है माँ बाप की खिदमत गुजार बनना है उनकी फर्माबरदारी करना है और रोज़ा रखना आया अभी से और तहजद मोड़ना उठना में जो नहीं उठ पा रहे हैं वो फजर की नमाज पढ़ने अभी से शुरू कर दें बात समझ में आ रही है अल्लाह ताला से दुआ भी कर लो कि अल्लाह ताला तशा अच्छा अगर एक आज चीज़ और भी रह गई हैं रमज़ान की तैयारी से इन फिर किसी दिन और बता दें या इसी वीडियो में बता दें वीडियो तो लंबी हो रही है खैर यह हमारा बयान जो है लंबा हो रहा है अगर आप कहें तो फिर इसी में बता दें वरना बाद में बता दें चलो इसी में बता देते हैं एक आज चीज़ जो हैं वो हैं वो ये हैं देखें रमज़ान का महीना बड़ा अहम होता है इस महीने में हम अब ज़्यादा ज़्यादा अपनी इबादतें कर लें ज़्यादा ज़्यादा हम अपना वक्त इबादतों में गुजार दें और अपना एक टाइम टेबल अभी सेट कर लें रमज़ान की तैयारी में कि हमें इतने बजे तक इतने से काम करना फिर हमें रोज़ा रखना है फिर हमें बाकायदा पांचों टाइम की नमाज़ भी पढ़नी है नमाज़ पढ़ने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम है उनको भी देखना तो ये अभी से हमें इसका टाइम टेबल बना लेना अब दूसरी बात हमारी औरतों हजरत से या मर्द हजरत से वो ये करते हैं कि जब रमज़ान आता है तो ईद की तैयारी में मशगूल हो जाता है और हमारा कीमती वक्त जो है ना वो सिर्फ बाज़ारों में हमारा चक्कर काटने में लग जाता तो अभी से ही खाने पीने का सामान घर में इस्टॉक करके रख लें ताकि रमज़ान में हमारा कीमती वक्त बाज़ारों में ना गुजरे हम देखते हैं मार्केट में औरतें पता नहीं दुकानों पे लगी हुई हैं बच्चों की तैयारी इनकी तैयारी ईद की तैयारी अगर कीमती वक्त है इसको अपने इसमें लगाओ काम में इबादत में गुजारो कैसे सुकून मिलेगा हम कहाँ गुजारते हैं यहाँ हुआ तो अभी से जो सारे सामान हैं ख़रीदारी के चाहे सामान हो चाहे रमज़ान की तैयारी के हों उन सबको अभी से ला रख लो जितनी ज़्यादा हो सके मेरे भाई इस महीने की कदर वीमत कर लो अब अल्लाह ताला से दुआ भी कर लो अल्लाह ताला को नेक सारे औलाद बनाए माँ बाप की खिदमत गुजार बनाए और अपने माँ बाप की फरमाबर्दारी करने वाला बनाए जिनके माँ बाप नहीं है उनको तो इस्तार करने की तोफ़ी कदा फरमाएँ और अल्लाह ताला हम लोगों को मुशफ़ बाप भी बनाएँ कहने सुनने साथमल करने की तोफ़ी क़दा फ़रमाएँ आमीन वाफर तवानदल रबालमीन